हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब स्टॉक्स के बारे में कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अब स्टॉक्स में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करने के लिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है जो हमें ब्रोकर के पास ओपन कराना पड़ता है और अब वन ऑफ द टॉप डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है जिसमें आपके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम लगते हैं और हमें एक बेहतरीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है और अब में हमें बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं जैसे अभी इनका फ्री अकाउंट अभी चल रहा है तो प्रोसेस को समझने से पहले आपको मैं अब तो स्टॉक्स में फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करना है उस लिंक पे जाने के बाद आपकी स्क्रीन पे Upstox स्टॉक्स ऑफिशियल वेबसाइट का ये पेज ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ई मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल देना है एंड सेंड ओ टी पी पे क्लिक कर देना है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी आएगा वो भी आपको यहाँ पर डालना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है अब जैसे ही आप अपना ई मेल आई डी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपका पेन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ तो आपको सिंपली यहाँ पर पेन नंबर एंड दोस्तों अब स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्मार्टफोन में भी सेम ही है तो आप उससे भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इजिली अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब हम यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब इस पेज पे आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा जैसे आपका जेंडर मेटल स्टेटस एनुअल इनकम ऑक्यूपेशन फादर नेम एक्टसेट्रा तो इन सभी को सही तरीके से फिल करके आपको नीचे पूछ रहा है इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस अदर देन इंडिया यानी अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है और नीचे यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगी आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं इनको एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा कि कौन से सेगमेंट में आप करना चाहते हैं तो इक्विटी तो यहाँ पे आपका मैंडेटरी है बाकी आप अपने हिसाब से अगर आप अदर सेगमेंट्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको जो है एडिशनली आपका इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी सेलेक्ट कर रहे हैं नीचे फिर ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्लान इसमें चूज करना चाहते हैं तो जैसे इसमें दिया है कि अगर आपको ज्यादा लेवरेज चाहिए तो आप ये प्रायोरिटी वाला प्लान चूज कर सकते हैं लेकिन इसमें फिर आपको ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेगा और बेसिक प्लान में आपको लेवरेज थोड़ा कम है बट आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी सिर्फ ट्वेंटी पर ट्रेड है और डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम बेसिक को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे फिर उसके बाद ये कह रहा है कि यू हैव ए चांस टू विन फ्री स्टॉक तो जी हाँ इसमें आपको एक फ्री स्टॉक भी मिल रहा है तो सिंपली हम येस पे क्लिक कर देंगे अब आपसे यह आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा इसमें आपको वही बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है जो आप अपस्टॉक्स में पैसे डालते और निकालते वक्त यूज करेंगे तो डिटेल्स डालने के बाद आपको यहां पे पूछेगा कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट उसको सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स कर अपलोड करने के लिए बोलेगा तो सिग्नेचर तो की फोटो को स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है इसमें सैंपल भी दिया है तो आप सिंपली इसको अपलोड कर दीजिए उसके बाद सेकेंड ये बोल रहा है इनकम प्रूफ जो कि ऑप्शनल है अगर आपने करेंसी सेगमेंट को सिलेक्ट किया है तभी आपको कंपलसरी है नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं तो इसको अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट अगर आपका केवाईसी सी वेरीफाइड है तो आपका ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा एंड अगर आपका केवाईसी सी वेरीफाइड नहीं है तो आपको इसके थ्रू केवाईसी सी वेरीफाई करना होगा इसके लिए आपको डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना पड़ेगा डिजी लॉकर वेबसाइट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है तो उस पर आप अपने आधार को वेरीफाई करके अपने डॉक्यूमेंट सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा तो इस पर क्लिक करके आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट को अपस्टॉक्स अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है यहां पे आप आधार कार्ड नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना है उसके बाद आपको यहां पे अलाओ पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपका डिजी लॉकर का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पर अपना फोटो लेना है और अपनी लोकेशन को इनके साथ शेयर करना है तो इसको करने के बाद नेक्स्ट आपको अपना ईमेल एड्रेस जो आपने शुरू में डाला था उसको कंफर्म करना है तो ओटीपी डालने के बाद चल रहा है जिसमें आपका फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा इसके लिए हमें कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हो सकता है कि अगर आप ऑफर के टाइम पर नहीं कर रहे हो तो आपसे छोटी सी अकाउंट ओपनिंग फ्री चार्ज करें तो आप नीचे चले तो ये पूछ रहा है कि क्या आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना है आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए अदरवाइज अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है और इसमें क्या होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है वो आपको अपस्टॉक्स के एड्रेस पे पोस्ट करना होगा फिजिकली साइन करके तो हमारा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो हम सिंपली येस सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट ये आपको बोलेगा ई e साइन के लिए जो आपको आधार ओटीपी के जरिए करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब नेक्स्ट आपको सिंपली इसको टिक करके सबमिट कर देना है और उसके बाद लास्ट में आपको बस अपना आधार नंबर यहां पे डाल के जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओ आएगा वो डाल के आपको वेरीफाई कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीड तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा ये दिखा रहा है कि आपका अकाउंट एक से दो दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और आपके ई मेल एड्रेस तो स्टेप स्टेप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आने वाले वीडियो में हम ये समझेंगे की कैसे हम अपस्टॉक की एप एंड वेब एप्लीकेशन का यूज करके शेयर की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और अपस्टॉक्स के सारे फीचर्स को भी हम डिटेल में समझेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में